जो आज के दिन अपने गुरुपालुकाओं का स्मरण करता है इन पालिकाओं की ऐश्वर्य कुंडली में जागरण उसको देवता प्रत्यक्ष प्राप्त होती है सारे अद्धियां अड़, और प्राप्त होती है अब आप कहेंगे हम तो इन साथ से करते हैं गौरवाल गुरुपाल सिद्ध तो प्रयत्न होता हम गलती काम करते हैं यहाँ से गुरुपालुका ले जाते हैं आज पूजा हुई कल से पालुकाएं जहाँ पढ़ें वहां पढ़ें फिर उसकी दीक्षा है उसका आमंत्र हम नहीं करते हम पालुकाओं पर विश्वास नहीं करते हम बालुकाओं पर विश्वास अगर करने लगे हम बालिकाओं पर अपने उन पालुकाओं में अपने भगवान अपने गुरु को देखने लगे तो हमें इस संसार में दूसरे देवताओं की आराधना करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती लेकिन हमें चाहिए कि उन पालिकाओं पर पूर्ण विश्वास के साथ पूजा करें उन पालुकाओं के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखें और उसकी पूजा उतनी श्रेष्ठता से करें जितनी श्रेष्ठता कार्तिक विराद्री ने की भी करने वाला। की पूजा तो भावना तब आती है जब हम अपने जीवन में बहुत सारे दिन बहुत सारे दिन गुजारने के बाद श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कहते भी हमने इतनी साधना है कि हमें कुछ नहीं हुआ हमें कोई सिद्धि नहीं हुई मैं बार बार कहता हूँ आप सब लोग जो मेरे सामने बैठे हुए हैं एक बार प्रश्न करके देखो आपको हमारे आश्रम से लेकर हमारे आश्रम को जितने भी लोग आए हैं क्या कभी किसी ने मास्क पहना है इस जनवरी से लेकर मार्च तक किसको कोरोना का आपको रोग रही शरीर देने वाले गुरु आरोग्य में महाभाग्य के युवा कहा जाता है जिसको आरोग्य रहा उसके उससे बड़ा भाग्य कोई नहीं है करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं और आप पलम पर पड़े हुए तो है तो हैं तो वो किस काम का? चाहिए कि जिसमें हमारे सुदृढ़ता हो हमारे में जीने की कला हम हाँ, अपने दम तक अपने प्राणों पर जिए कोई हमारी सेवा नहीं हम किसी की सेवा कर सके हम किसी का कल्याण कर सके ऐसा जीवन चाहिए और आप सब लोग जो तो मेरे पास बैठे हैं जो गुरु मंत्र जब करते हैं कि किसको कोरोना का इफेक्ट हुआ या इससे बड़ा भाग्य तो है अगर नहीं है तो बात कहो आपके जीवन में ऐसा हुआ क्या और है मरने नहीं दिया तुम्हें उसका इफेक्ट होने नहीं दिया आप अगर सच्चे दिल से गुरु को प्रार्थना करते हैं लेकिन कभी एक छोटी सी भी आपकी इच्छा नहीं मेरी बेटी की शादी में हो रही गुरु जी बहुत दिन से आपके पास घूम रहा मुझे बेटे की शादी की चिंता से पहले तुम अगर ये हूँ गुरु पालकों का नमन कर रहा हूँ किसी भी चीज को अपनाने के लिए तैयार हूँ गुरु से दूर होते जा तो तेरे तेरे है पैसे कर पाना नहीं हो तो गुरु से दूर होते जा रहा है यह क्रिया नहीं है यह क्रिया वो है की तू अपने गुरु से नजदीक हो जा इन सारी चीजों से दूर हो जा गुरु इसको सबको बदान करेंगे मैं तुम्हारे सामने मेरे पिताजी कोई बड़े करोड़पति नहीं एक थे, एक गरीब छोटे से गांव से कितनी बार छोटी सी नौकरी करते हुए दिवस तीस साल से कर रहा हूँ कोरोना की वजह से आज नहीं आया अगर मैं कहता तो आज भी हजारों की संख्या में लोग आते और मैं इतनी भी शान से कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग गुरु जी वहां से नहीं आ सकते हम है की गुरु के प्रति उनकी निष्ठा है की हम यहाँ नहीं आ सके फिर भी हम गुरु का पूजन कर रहे हैं हर जगह से मेरे को आज क्या है प्रभु आपने जो मार्ग बताया हम उस मार्ग पर चल रहे मैं चाहता हूँ की तुम आरोग्यमान रह तुम्हारे में इतनी क्षमता हो कि जंगल में भी तुम जी सके और तुम्हारे साथ दस लोगों को जीने की क्रिया कर सके तुम्हारे को ऐसा आरोप प्रदान करें ऐसी जी, वीरजन को जो सुदर्शन रूप के अवतार थे उनको गर्व हो गया था कि मैं मेरे सिंह विष्णु भगवान जीत नहीं सकते <coughs> तो कार्तिक वीरंजन आने के बाद जो विष्णु के अंश परशुराम कहलाए रहते थे परशुराम के रूप में जब आए तो उन्होंने सुदर्शन चक्र को हाथ में नहीं लिया परशु को हाथ में लेकर मारा सभी को कार्तिक के साथ सारे क्षत्रियों को मारा तो अपने हाथ में परशु को ले तो सुदर्शन चक्र को नहीं जब कार्तन मर गया फिर वैकुंठ को गया तो परशुराम जी हाथ लेने हाथ में, में सुदर्शन चक्र लेने ले के लिए तैयार तो थी परशुराम के बाद एकदम राम अवतारशुराम चिरंजी भी थे और राम उसके बाद ही अवतार हुए राम अवतार हुए तो सुदर्शन चक्र गया विष्णु वहां नहीं है वो तो राम के में पर थे तो और राम बनकर जब आए तभी भी तो उन्होंने सुदर्शन चक्र नहीं लिया उन्होंने हाथ में धनुष लिया तब तो सुदर्शन चक्र को अपनी गलती का एहसास हुआ बोले प्रभु विष्णु नाराज है और वो मेरे को छोड़कर जा रहे हैं वो किसी को भी जीत सकते हैं प्रभु ने मुझे अवॉइड कर दिया।, मुझे छोड़ दिया है मैं उनसे प्रार्थना करू और सुदृष्ट चक्र आकर प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में प्रार्थना प्रभु मुझे स्वीकार करो उन्होंने श्री कृष्ण का होता है सुदर्शन चक्र को धरा ये बात का होता तो ऐसा गुरु के सामने कभी गर्व करने का बात मत करो कभी घमंड की बात नहीं करोगे सिंह जी नहीं सकते गुरु तो जीता है तुम्हारे तो बिना भी जी सकता है गुरु को जीने की गला तभी गुरु बनता है जिसको गुरुपालुका की सिद्धि हुई केवल वही अपने पालुकाए दूसरों को दे सकता है जिसको गुरुपालुका देने का अलीकात सभी को नहीं है अपने पालुकाओं को देकर पूजा करो बोलेगा नहीं तो गुरु की शक्ति आली जली जा शिष्य को जिसको गुरुपाल की सिद्धि है जो गुरुपाद का सिद्धि कर सकता है वही का अधिकारी होता है। लेकर गया था गुरु चरणों में रहने वाला, और गुरु समर्पित तुम तुम करो कर उस दिन गुरु को निमाती हम बैठे थे तो गुरु जी ने पालुकाएं देखी हाथ में पहने और कुछ मंत्र उन्होंने क्या मन द्वारा ना आय अगर क्या वे तरा उपयोगपड़ी अच्छे तरह वरकू मुफे रेल इनके पालकों ने पूजि सिद्ध गुरु ने्रेष्ठता अंत श्रेष्ठता गुरुपाल इसका श्रेष्ठ ने दिख्काल पूजी मेरी जीवित गुरु पात्र एन पापना रोग वी रोगा ने, वस्ता ये ने रोगा उची रोगा धरने <laughs> रोगा अवे तक लेरस्थाई रोगा उप श्रेष्ठ मन कर्म असर फल मन को जीवन में सरिम इतने पद मंद की उपयोग शरणा दाने महत्भाग्य मनसा पड़े मन को संपादा भार्य मन रहा अगर अलग गेलसी वे अनारो्य पड़ा सैनिका अरे ना भार्यो इक माशेद आयुर्वेद डॉक्टर क्षण सर अभी सर पैके पार्टी पानी संपादा इतम भार्यु इतम गा पद भार्यू नी सर वी पनार नी कार्य सर न रत्ना डुर वैंड बका इवी ना इवीं उपयोगी आयुर्वेद नी क्यों बर्ती चरता है पाँच चल खाएना संपादि लेकिन अद्क सीधा अल मोस मोसे केवल सर मोसेवा श्रेष्ठ संपादा बतिम चावेको इंको कंडीशन रेडव दिन ना रेत कदा अभी रूपन अभी तो जो जब, जब था है, संसार विश्व विजेता दूर चची पैसा चाणाक्य चंद्रगुप्त आदि डॉक्टर बुद्धि आदि कल्ला से पाकड़ी अलगमणस्य चाक्य पालक अत जीवन सांत पालन पड़ा चलते इतना संपादन कपादन अभी वो का प्रपंच दत्ता है शंकराचार्य बगरपाल शंकराचार्य परंपर पाकोल मत्ता परंपर ना सांप्रदाय शंकराचार्य परंपर पूजन जीटा सिद्धि ये धर्मराज तो सह धर्मराज पन्े पर्ति तर श्रीकृष्ण अड़ता है कदा इंत वर्मास अनुभव श्रीकृष्ण इंका जीवन में कौर अंदर कोई वृक्ष बाधपड़ा धर्मराज बाधपड़े अंत ना शांति लेकिन शांति चूपे मार्गें चुपे अ तन पालक चूप पालक दीक्ष धर्मराज इ कृष्ण पालक दीक्षा की तेज शांति तरह श्रीकृष्ण धर्मराज पूरी पालक दीक्षी पालका पूजा चयी तान सिद्धि धर्मराज अश्वे ये चिस्त वन श्रीकृष्ण तरह पालका परंपरा वलभ सांप्रदाय वे पालक पूजे विधान आ तरह पालका पूजल तरह कनक ये सिद्धि जैसे मधुर का आज के दिन गुरुपालुकाओं की जितनी निष्ठा के साथ पूजा करते हैं चार मालाओं में चार वेद रखे हुए अगर हम उसकी पूजा के साथ हम गुरु चरणों में अगर झुक जाते हैं तो और गुरु इच्छा पर अपने जीवन को डालते हैं तो गुरु पालता है आपकी जीवन के अंतिम क्षण तक आपकी रक्षा करेगी और आपको ऐसी मौत कभी नहीं देगी जो चार लोगों के सामने सड़ते हुए मरे ऐसी जीवन नहीं देगी जो तो तुम्हारे तुम्हारे लिए लोगों की लोगों के साथ सेवा कर सको लोगों की सेवा तुम तुम्हारी स... तुम लोगों की सेवा कर सको तुम लोगों का कल्याण कर सको लोग चार लोगों को तुम्हारे साथ आनंद प्रदान सको ऐसी ऐसा जीवन गुरुपाल गुरुपालुकाओं में है आज गुरुपाल का सिद्धि दिवस बहुत ही श्रेष्ठ कहाव्य है आज के दिन हम इस वक्त गुरुपाल की सिद्धि का पूजन अभी आरम्भ करेंगे उसकी विधि विधान के साथ जो प्रभु शत्रुदेव जी ने किया है हम अगर इसको विधि विधान के साथ पूजा करते हैं और प्रभु सतुदेव जी के चरण में अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि प्रभु हमें ऐसी जिंदगी दो जिसे महाभाग्य कहा गया है इस महाभाग्य को सौभाग्य से भी महाभाग्य बढ़ा है महाभग्य में हमारे शरीर हमारे में, हमारे शरीर हम जो कहते हैं वो सुने। हमारे शरीर को किसी प्रकार कष्ट न हो और हम दूसरों को से भी दूसरे के भाग नहीं सके जैसे ने गुरु से प्रार्थना करते हुए कहा था कि मैं अधर्म का नाश करूँ और धर्म की रक्षा करूं। हमारे में वो बुद्धि भी आए वो बुद्धि के लिए से और दथा भगवान से प्रार्थना करें हम आज के दिन उस था अभी अभी पूजन आरंभ होगा आप सभी लोग नहीं है तभी तो मैं देता हूँ सभी लोग 108 फूल आपके पास कम से कम कुछ नहीं तो फूल आपके पास 108 मैं उसकी दीक्षा के साथ उस उसने की पूजा आपको करवाऊंगा आपके पास कुल नहीं है तो हमारे गणेश महाराज हैं तो से सभी लोग एक सौ एक सौ आपके पास हम अपनी पूजा आरंभ करेंगे गुरुपाल का पंचम होगा गुरुपाल का स्त्रोत्र होगा जो गुरु चरणों के आज, आज के दिन गुरुपालुकाओं पर अपना सर रखता है वो तो संसार में सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त करता है वो कभी मरीज और दरिद्र जीवन नहीं लियेगा आज गुरुपाल का सिद्धि दिवस गुरु पूर्णिमा श्रेष्ठ काव्य है आज के दिन गुरुपालकों में अपने गुरुपालुकाओं को पर लेकर विशिष्ट के साथ तो पाल का महात्मा आपको बता दी हुई गुरुपालुकाओं गुरु के पूजन के हम आग्रह होंगे आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ एक बार जय घोष कर भगवान की माताजी की, की, की, परिवार सिद्धार्थ हरे बोलो गुरु गुरु गुरु ब्रह्मा, विष्णु, गुरुर्विष्णु गुरो महेश्वर गुरुसाक्षा पर्रह्म तस्मै, श्री गुरव नम गुरु स्वामी स्वामी, श्री सचिदाननंद सद्गु प्रियनंद स्वामी स्वामी, मम सयह सत्मंत्र परम तत्वाय नारायणा गुरुभ्यो नम ओं पर तत्व नारायणा गुरुभ्यो नम ओं पराणा गुरुभ्यो नम ओम ह्री मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रे ह्री ओ नम ओं, ओं गुरदेवताय तन्नो आप सभी को देता हूँ चार माना गुर माना जब करें मैं तब तो तक सारी तैयारी करता हूं आप सभी को एक छोटा सा निवेदन है